कहानी शुरू होती है चाइना से जब वुहान शहर के किसी मार्केट में लोग जानवरों का खाना खा लेते हैं उन लोगों को कुछ वायरल फ़ीवर के सिम्टम्स होते हैं जो कि इतने इंटेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि उन लोगों की मौत हो जाती है देखते ही देखते ये वायरल फ्लू पूरे चाइना फिर पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकानमी हेल्थ और लोगों के रहने के तरीके अफेक्ट होते हैं ये कहानी है द वेरी फेमस कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की